ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क ने प्रतिकूल अधिग्रहण बोली से संबंधित कर्मचारियों को संबोधित किया गुरुवार को एक सर्व कर्मचारी बैठक में अग्रवाल ने कहा कि ट्विटर का बोर्ड मस्क के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और मौजूद दो कर्मचारियों के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करेगा अग्रवाल ने इस धारणा को खारिज कर दिया जब एक कर्मचारी ने सुझाव दिया कि मस्क की आक्रामक अधिग्रहण बोली एक बंधक स्थिति की तरह लग रही थी अग्रवाल ने एक बयान में कहा मुझे नहीं लगता कि हमें बंधक बनाया गया है बैठक के बाद कई लोग निराश थे यह कहते हुए कि वे वास्तव में जो हो रहा था उससे बचे हुए महसूस कर रहे थे और एक मुखोटा स्वामित्व वाले ट्विटर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कुछ के लिए एक दहस्व दृश्य एक बेचैन व्यापारिक नेता के रूप में मस्क के लंबे इतिहास के कारण एक ट्विटर कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त आरोप कहा यहाँ की संस्कृति और इस मंच को संरक्षित किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है की बोर्ड साहस काम करेगा और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा हमारा लोकतंत्र वेतन से अधिक महत्वपूर्ण है कर्मचारी ने कहा मुझे आशा है कि बोर्ड सहमत है लेकिन इस ट्विटर कर्मचारी ने कहा ऐसा लगता है कि हम कर्मचारियों के रूप में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आदमी ने कहा मस्क ने एक दिन पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग ट्वीट में ट्विटर खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए कहा कि अधिग्रहण अपेक्षित वित्तपोषण के पूरा होने पर निर्भर था यह सामान्य था विश्लेषकों ने कहा क्योंकि अधिग्रहण की तलाश में एक निवेशक आमतौर पर बोली के साथ वित्तपोषण व्यक्त करता है मस्क ने ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में एक सम्मेलन में कहा मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे कभी हासिल कर पाऊंगा यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास प्लान भी है यदि उनका अधिग्रहण विफल हो गया तो उन्होंने हाँ कहा लेकिन अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया मुखौटा बोलियाँ अन्य संभावित ट्विटर खरीदारों को आकर्षित कर सकती हैं मस्क का बीस प्रति शेयर का ऑफर अपने निवेश की घोषणा से एक दिन पहले ट्विटर के शेयर मूल्य से 38 प्रतिशत अधिक और बुधवार को बंद भाव से 18.2 प्रतिशत अधिक था मस्क ने गुरुवार दोपहर ट्वीट किया शेयरधारक वोट में इस प्रस्ताव को न देना पूरी तरह से अनुचित होगा वे कंपनी के मालिक हैं बोर्ड के नहीं प्रौद्योगिकी एलोन मस्क देर से ट्विटर हिस्सेदारी की रिपोर्ट करके एक मिलियन बचाता है शेयर मुकदमे का दावा करता है गुरुवार को ट्विटर के शेयरों में एक दशमलव तीन पांच प्रतिशत की गिरावट आई जो मस्क की पेशकश की कीमत से काफी कम है हालांकि निवेशकों को अरबपति की बोली पर संदेह हो सकता है लंबे समय से ट्विटर के शेयरधारक धारक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अलवलीद बिन तलाल ने गुरुवार को ट्वीट किया कि मस्क की पेशकश कंपनी के आंतरिक मूल्य के करीब नहीं आए और कहा कि वह इसे अस्वीकार कर देंगे मस्क ने ट्विटर पर जवाब दिया पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य का क्या दृष्टिकोण है लेकिन मास्क का दृष्टिकोण अन्य इच्छुक खरीदारों के लिए द्वार खोल सकता है जिनके पास ट्विटर पर अपने स्वयं के डिजाइन हैं, स्कॉट केसला रिसर्च फम थर्ड ब्रिज के एक विश्लेषक ने कहा यह शायद एक प्रक्रिया की शुरुआत है और यह जरूरी नहीं कि एलोन मस्क के साथ शुरू और समाप्त हो केसलर ने कहा हालांकि वेडबर्श सिक्योरिटीज के विश्लेषक डेन निवेस ने ग्राहकों को एक नोट में लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुखौटा सफल होगा इवेस ने कहा किसी अन्य बोलीदाता संघ के लिए उभरना मुश्किल होगा और ट्विटर बोर्ड इस बोली को स्वीकार करने और या ट्विटर को बेचने के लिए एक सक्रिय प्रक्रिया चलाने के लिए मजबूर होगा फिर भी टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ होने के नाते अनुतरित प्रश्न हैं जिसमें मस्क अपने समय को कैसे संतुलित करेगा और वह अपने नकद प्रस्ताव को कैसे वित्तपोषित करेगा उनकी दो अरब डॉलर की अधिकांश संपत्ति टेस्ला के शेयरों में है इसके कुछ शेयर बेचने से टेस्ला की वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है सबसे मुखर उपयोगकर्ता से लेकर ट्विटर के मालिक तक टेकओवर बिडरपतियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दो सप्ताह में नवीनतम मोड़ है 4 अप्रैल को मस्क ने खुलासा किया कि वह ट्विटर के शेयर खरीद रहे हैं और इसके सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बन गए हैं इस सप्ताह की शुरुआत में एक ट्विटर शेयर ने मस्क के खिलाफ प्रतिभूति धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके शेयरों की लागत देर से निवेशकों को बताई गई थी और मस्क को लगभग चौदह मिलियन बचाया टेस्ला के सीईओ एक प्रसिद्ध ट्विटर उपयोगकर्ता और एक मुखर आलोचक हैं इसलिए उनके निवेश ने तुरंत उनके उद्देश्यों के बारे में सवाल खड़े कर दिए अपनी साझेदारी के जारी होने के कुछ हफ्ते पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्विटर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति, -प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया और अपना प्रतिद्वंद्वी सोशल नेटवर्क बनाने के बारे में सोचा अगले दिन ट्विटर के सीईओ अग्रवाल ने घोषणा की कि मस्क कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे और यह सीमित करने के लिए सहमत हुए कि वह कितना अधिक ट्विटर स्टॉक खरीद सकता है दोनों पुरुषों ने कहा कि वे कंपनी के भविष्य में एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं लेकिन वह योजना जल्दी ही विफल हो गई सप्ताहांत में मस्क ने ट्विटर से कहा कि वह सबसे ऊपर बोर्ड में शामिल नहीं होंगे एक निर्णय जिसने अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ के लिए बताया रविवार की रात को उसके बारे में खुलासा करने से पहले मास्क ने अधिकांश सप्ताहांत ट्विटर के बारे में सलाह देने आलोचना करने और मजाक करने में बिताया क्या ट्विटर मर रहा है उन्होंने एक ट्वीट में पूछा यह देखते हुए कि बराको बामा और कैटी पेरी जैसे इसके सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले उपयोगकर्ता शायद ही कभी ट्वीट करते हैं कस्तूरी एक स्वर्णित मुक्त भाषण निरपेक्षवादी हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मास्क ने बोर्ड में शामिल होने के बारे में अपना विचार क्यों बदला गुरुवार को अपनी फाइलिंग में उन्होंने समाज में ट्विटर की भूमिका के बारे में अपने विचार को दोगुना कर दिया और इसे महसूस करने के लिए क्या करना होगा उन्होंने ट्विटर के अध्यक्ष ब्रेड टेला को लिखे एक पत्र में लिखा मैंने ट्विटर में निवेश किया है क्योंकि मैं दुनिया भर में स्वतंत्र भाषण के लिए एक मंच होने की संभावना में विश्वास करता हूं और मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक सामाजिक दायित्व है हालांकि मेरे निवेश के बाद से अब मुझे एहसास हुआ है कि कंपनी सामाजिक आवश्यकता को अपने वर्तमान स्वरूप में समृद्ध या सेवा नहीं देगी मस्क ने खुद को मुक्त भाषण मुक्त के रूप में वर्णित किया और साइट पर लोगों को क्या कहने की अनुमति दी गई इसके बारे में ट्विटर के नियमों की आलोचना की ट्विटर के लिए मस्क के अन्य प्रस्तावों में ट्वीट्स के प्रचार या प्रचार पर अधिक स्पष्टता देने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के ब्लैक बॉक्स को तोड़ना शामिल है टेट इवेंट में उन्होंने कहा कि गोपनीय होने की स्वचालित प्रक्रिया काफी खतरनाक थी मुझे हारना पसंद नहीं है कस्तूरी लेकिन ट्विटर जिसके फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल नेटवर्क की तुलना में बहुत कम उपयोग करता है पर भी अपना व्यवसाय बढ़ाने का दबाव है अभद्र भाषा और कोविड के बारे में झूठे दावों जैसी सामग्री के खिलाफ अपनी नीतियों को बदलना उपयोगकताओं और विज्ञापनदाताओं के लिए बंद हो सकता है जर्मन मार्शल फंड के करीन कॉनबलेह ने कहा यह एक पैसा बनाने वाला मंच है जहां आपके विचार फैलते हैं यदि आप कंपनी को पैसा बनाने में मदद करना चाहते हैं भ्रम पर ऑनलाइन शोध करता है उन्होंने कहा जब आप लोगों को वोट देते हैं तो लोग कहते हैं कि वे संयम चाहते हैं वे नहीं चाहते कि साजिश के सिद्धांत उनके मंच पर स्वतंत्र रूप से तैरें वे उत्पीड़न नहीं चाहते तो मुझे लगता है कि लोग क्या चाहते हैं इसकी गलत फहमी है गुरुवार के टेप सम्मेलन में मस्क ने कहा कि ट्विटर पर उनकी रुचि अर्थव्यवस्था या पैसा बनाने के बारे में नहीं थी ट्विटर एक तरह का वास्तविक टाउन स्क्वायर बन गया है उन्होंने कहा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास वास्तविकता और धारणा दोनों हो कि वे कानून की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा मुझे हारना पसंद नहीं है